थोड़े दिन की बात है थोड़े दिन दिन बाद हम हम इसको इसको थोड़े की बात है, फिर पेट पे करा करेंगे, जब हमारे पास जो पैसा देगा, उसी में ऑनलाइन दिखाएंगे ऐसा भी नहीं दिखाएंगे भी रोक ठीक है दो से चार पर्स हो गया आवाज आ गई सबको आप लोग ऑन स्क्रीन देख लीजिए दूसरा ये है की जो लोग क्लास में लाइव क्लास देख रहे हैं वो लोग एक बार कमेंट करते हैं कौन कौन से बच्चे हैं कौन कौन से लोग देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो की एक बार हम आपको सभी को दिखाना चाह रहे हैं देखो बहुत सारे स्ट्रेडीज है लेकिन साथ ही लोग देख रहे हैं देखिए खियेर टोटलर वर्ष के दौरान आपका बच्चा आपका बच्चा विकास के निम्नलिखित चार लोग देख रहे हैं देखो दिख रहे हैं है ना।, है ना चार लोग देख रहे हैं मैं वाईफाई बंद कर रहे हैं आठ लोग जुड़े हुए हैं हॉटस्पोर्ट से अब तीन हो गए चे चे. चल इतना कर दिया भी ख़राब हो चलो दे। ठीक है लिखिए चलेगा चल तो रहा है देखो भाई निम्नलिखित पांच मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित पांच मुख्य क्षेत्रों में नाटकीय रूप से परिवर्तन जारी रखेगा परिवर्तन जारी रखेगा इसमें पहला है शारीरिक ऐसे कौमा करके लिखते जाना शारीरिक कौमा संज्ञानात्मक कौमा भाव भावनात्मक यानी कि इमोशनल और सामाजिक इमोशनल और सामाजिक दोनों एक साथ ही रहेंगे कौमा भाषा और और संवेदी और कामक कौशल इसके बाद और लिखना है एवं मोटर कौशल या कामक कौशल हो गया अब से पहला लिखिए शारीरिक डेवलपमेंट यानी कि जो दो से चार साल के बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास किस स्तर से होता है किस तरह से होता है ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो पढ़े हो कि नहीं बताया कि नहीं बोलो पाड़ी, पाड़ी है है? क्या मर गया मोटी लगवा दें दे अपने कठा कर लगा कि चले, है? इस आप लोग क्लासरूम बंद करके नहीं जाते हमें बंद करना पड़ता है जब से निकला निकला करो कर निकला करो बंद करके डिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है बताओ शारीरिक विकास जैसे लंबाई हो और? और और हाथ है? है, है चलो लिखो लिखो आप बोलो जबकि बच्चे लगभग तीन से पांच पाउंड यानी कि टू से दो तो से चार वर्ष के दौरान बच्चों की जो शारीरिक ग्रोथ होती है वो कितनी होती है तीन से पांच पाउंडलू क्या कह रही हो तुम तुम क्या कह रहे हो बोल ना धमका क्यों रहा? तीन से पांच पाउंड अरे नहीं समझे नहीं आप लोग यही तो कन्फ्यूजन हो रही थी दो से चार मैं ये कह रहा हूँ जो दो से चार वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी जो शारीरिक विकास होती है वो कितने पाउंड होती है मैं बात करा था उसी में सब लिखने लग रहे थे बात क्या? हुआ क्या आप लोग इसीलिए कन्फ्यूज हो गए हमने जब पहले शुरू में बोला कि दो से चार वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी जो शारीरिक विकास होती है आज तो क्या लिखा आप लोगों ने तीन से पाउंड प्राप्त कर लेते हैं और और एक एक और एक एक एक दूसरे दो साल के बीच एक से एक से और दो साल के बीच तीन से पाँच इंच थ्री टू फाइव इंच बढ़ते हैं यह तेज़ी से यह तेज़ी से विकास यह तेज़ी से विकास दो से पाँच वर्ष के बीच दो से पांच वर्ष के बीच धीमा हो जाता है आगे लिखिए इस दौरान इस दौरान आपके बच्चे की ताकत और बच्चे की ताकत और में वृद्धि होती क्या होती है आपने हो गया अब दूसरी एडिंग लिखिए वृद्धि होती है दूसरी लिखिए संज्ञानात्मक विकास अरे नहीं समझ रहे हो समझ गया क्या समझ गए आ, बताओ है, आ, आप बता रहा। इसको अब तक थे तो हमने एक बार पढ़े बोलते तो तो तो हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिख लिया बोलो हाँ या ना हाँ। देखिए एक और दो तो, एक और दो तो, ये सारी चीजें अभी एक मिनट सुन लो पहले तो हो जाओगे ये सारी हम अलग -अलग भी साल का बच्चा है वो अभी अगर इस, जो इस्टेट इस में हमने लिखवाया है इस स्टेप में लिखवाया हुआ है इसको आप कहीं पंद्रह साल वाले बच्चों को ये किस तरह की बच्चों को कुछ बता रहे हैं सिखा रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं ध्यान तो रखना होगा ठीक है ना ये है किसके बारे में हो रही है से ठीक है देखिए और हाँ, एक और सॉरी वर्ष की उम्र के बीच एक और दो वर्ष की आयु के बीच परिचित लोगों और वस्तुओं को परिचित लोगों और वस्तुओं को पहचानना शुरू होने के बाद पहचानना शुरू होने के बाद बच्चा हाल की घटनाओं को हाल की घटनाओं हाल की घटनाओं को बेहतर ढंग से उम्र के दौरान बच्चा दूसरों की नकल करेगा और अधिक कल्पनाशील और अधिक कल्पनाशील हो जाएगा खासकर खासकर खेल के समय खेल के समय, खेल के के समय, समय या खेल के दौरान खेल के समय या खेल के दौरान आगे जैसे जैसे जैसे जैसे बच्चे अक्षर अक्षर संख्या कॉमा प्रतीक और रंगों की पहचान कर है। नेक्स्ट के भावनात्मक और सामाजिक को के ध्यान रखना अनुभव विज्ञान मत दिख देना हो गया है आ जाएगी इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट यानी कि जो से लेकर के चार वर्ष के दौरान बच्चों की इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से हो सकता है और कैसे होगा ये ये तो तो पहना है है है हमारे पहनते हैं हैं अभी ना जाना यूनिफॉर्म में पहन के आओ जल्दी जल्दी आपके आई कार्ड भी मिल जाएंगे एक दिन आप लोगों का ऐसा करेंगे को या किसी दिन हम ऑफ कर देंगे नहीं दिन हो गया। ना तो दिन गया। ना खुद से रोज पहन के आना होगा चलो लिखिए भावनात्मक और भावनात्मक और सामाजिक विकास में लिखिए इस उम्र के दौरान इस उम्र के दौरान प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा का विकास होता है आगे लिखिए 12 से 24 चो, महीने तक महीनों तक ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर मंथ्स तक बच्चे अपने प्रियजन रखते हैं साथ ही, साथ ही, साथ, साथ ही, साथ, और अधिक वह और अधिक स्वतंत्र होना चाहते हैं से दो और वर्ष की आयु के बीच, दो और वर्ष की आयु पसंद करना शुरू कर दें। जब खाना बनाती थी आप आप छोटा बच्चा होगा तो तो आप देखो जब मम्मी रोटी रोटी बनाए भी क्या कहेगा ये ये चीज़ कुछ करता है इच्छुक रहते हैं ठीक है ना क्स्टी लिखिए भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट ऊपर से दो तो मिटा दो लिखिए भाषा विकास पॉइंट नंबर एक बात बताइए भाषा क्या होती है है? अपने को तो दूसरे व्यक्ति है के थुर, थुर, है कल था हमें मेकिंग करके सब पूछेंगे ठीक सहारा चलो प्रभा खड़ी हो जाए सब लोग सी एक मिनट एक मिनट एक मिनट सब लोग सीधा बैठो कोई किसी के उतर न छाके और ना तो इग्नोर करे और सीधा होकर बैठो ठीक है हाँ बताइए amne <laughs> क्या पता लग गया ना आपस में पता लग गया नहीं नहीं लगा? नहीं लगा? है, ना? लिखो हैं ना क्वेश्चन आप लो? हम इसमें पूछ कि आपस में एक दूसरे के क्या विचार हैं? वो भी आप लोग एक दूसरे को समझ लो कौन कितना होशियार है देखिए एक एक बच्चे के, एक बच्चे के के लिख लिया भाषण की तुलना में भाषण की तुलना में समझ तेजी से बढ़ती है समझ तेजी से बढ़ती है सब लोग एक बार लाइव क्लास में एक बार कमेंट कर दो जरा क्योंकि संख्या डाउन हो रही है लोग हैं क्या ऐसा नहीं गया हो गया क्या लिखा आप लोगों ने तेजी से बढ़ती है हो गया 15 से 18 आगे लिखिए 15 टू 18 मंथ्स यानी कि 15 से 18 महीनों के बीच 15 से 18 महीनों के बीच अधिकांश बच्चे मौखिक रूप से संवाद करने की तुलना में मौखिक रूप से संवाद करने की तुलना में दस गुना अधिक शब्द जानते हैं संवाद करने की तुलना में दस गुना अधिक शब्द जानते हैं आगे लिखिए हालांकि हालाँकि वर्ष की आयु तक हालांकि दो वर्ष की आयु तक शब्द संग्रह यानी कि शब्दकोश 50 से 100 शब्दों के बीच हो सकता है शब्द संग्रह 50 से 100 शब्दों के बीच हो सकता है और बच्चे संयोजन संयोजन में दो या अधिक शब्दों का उपयोग दो या अधिक शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं नीचे वाइलाइन से लिखिए पाँच वर्ष की आयु तक बच्चे संवाद करने के लिए हजारों शब्दों का उपयोग कर सकते हैं पाँच वर्ष की आयु तक बच्चे संवाद करने के लिए हजारों शब्दों का उपयोग कर सकते हैं और वाक्यों में बोलते हैं हमने आपको बताया कि जो दो साल से लेकर सॉरी दो से लेकर के चार वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी जो कहते हैं ना कि कुछ कुछ कुछ बच्चे आते हैं आपके पास या अभी तो, तो, तो, तो आप लोग ट्रेनिंग में हैं के दौरान तो आप लोग आएंगे हम के पास आते हैं कि दो का बच्चा है वो कुछ नहीं बोल पा दुग तो रहा है तो ये सब चीज कुछ कर रहा है ठीक है तो लोग ये सोचते हैं कि हमारी कितनी होगी वो सारी चीज़ें आपको उसमें समझना होगा ठीक है क्योंकि जो दो साल का बच्चा होगा वो दो से चार साल का बच्चा आपने बताया अभी इसमें क्या है कि 50 से 100 शब्दों का ही वो समझ सकता है और जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसी हिसाब से उसकी सोचने समझने की और खोलने की क्षमता में भी वृद्धि होगी और अगर इस तरह नहीं होता है तो वो बच्चे को आपको किसी ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच हेल्पिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करने की आवश्यकता होगी ठीक है न ठीक है नेक्स्ट है लिखिए संवेदी और all right. सेंसरी एंड मोटर मोटर मोटर डेवलपमेंट हो गया अब इसमें लिखिए का मतलब लिखना नहीं है है कौन, कौन कौन बताएगा होती है? हमने पढ़ाया है फाइन मोटर ग्रास मोटर फाइन मोटर में क्या क्या आता है उसका एक कारण तो होता चलो तो खड़े हो जाए खड़े हो जाओ चलो नहीं फाइन मोटर क्या है और ग्रास मोटर क्या है हो जाओ बता बैठना मत हमने बहुत अच्छे से है क्या होता है तो बोलो जल्दी खड़ी हो जा क्या होती है मोटर ग्रास जैसे जैसे हाथ है तो मगर आप टेन पकड़ रहे हैं तो क्या है होगा तेल पानी मोटर कैसे करते हैं तो का क्या है, है फाइन तो मोटर तो पाँग तो ग्रास मोटर बैठ जाओ फाइन मोटर का मतलब स्टोन बैठ जाओ फाइन मोटर का मतलब जिसमें हमें सूक्ष्म कौशलों की विकास की जो किया जाता है जैसे पेंसिल करना पेन पकड़ना या ऐसी चीजें करना जो सूझ स्किल बस इसी को बात कर रहे हो क्या फाइन मोटर हो गया ग्रास मोटर फाइन ड्यूटी हमें एक्टिविटीज के एक से साथ काम करना उन सबके बारे में आप लोग को जानकारी मिलेगी आगे क्लास में पहले फर्स्ट क्लास में होती थी, थी।, थी। जो कॉमन पेपर था लेकिन इस बार तो है चेंज कर दिया हाँ। तो आप लोगों को ये क्लियर कोई पूछता है फिजिकल फ्रॉम सही सहायता सही सहायता कैसे देते हैं हम बोलो मुझे आपसे कुछ है कहां है माम लिए उसका प्रॉम्प्ट आ रही थी देखो तो आप किस तरह से पे कौन, तो कौन, -कौन, तो कौन कौन से कर रहे हैं वो पढ़ाने में किस तरह से हम सहायता ले रहे हैं और आपको दे भी रहे हैं बोलो सहायता कितनी प्रकार की होती है खड़े हो जाओ कितनी तरह की नाम बताओ। और से बोलो। सुन लिया? भी कोई आप मुझे बताएंगे नहीं बता गेस्ट फ्रॉम पिपिनाओ फ्रॉम कमापा पेन पकड़वा के लेव आ रहे हैं बस को छोड़ कर साहब फ्रॉम किस समय लोकेशन का नाम बताओ बोल रहे हैं आप सुन रहे हो और फिर उदाहरण दे वो क्या है कितने लिखे का मॉडल हम आपको बता रहे हैं ना भले ही आप सुन रहे हो कि मैं एक कस्टम कारण या लास्ट में ये छोटी बच्ची होती है जैसे उसमें ये स्लो होती है तो क्या करते हैं हर एक कॉपी का करते हैं नहीं करते बाजार में गए हैं तो जैसे हम भी चलेंगे आपके साथ ऐसे वो बैठ जाओ या गाम, गामक कौशल में, में सुधार आपके बच्चे में सुधार आपके बच्चे में तो बच्चे को सॉरी दो वर्ष की आयु तक दो वर्ष की आयु तक अधिक सक्षम बनाता है अधिक सक्षम बनाता है जब बच्चा लगातार गति में होता है जब बच्चा लगातार गति में होता है जैसे हाँ, गति का मतलब क्या है जरा कौन बताएगा तो खड़ा हो, खड़ा हो हो लगातार गति में इसका उदाहरण बताओ कौन सी एक्टिविटीज को आप बोलोगे कि लगातार गति में ही है एक उदाहरण बता दो तुम बैठ जा आगे शुरू कर दो क्लास फास्ट रिप्लाई नहीं पता लगातार तुम तो लोग क्या कर रहे हो लिख ही तो रहे हो लगातार लिखने में लग रहे हो ये क्या है गति गति तो हो रहा साकि सही बैठ गए हो मुंह भी चल रहा, रहा है हाथ भी तो चल रहा है इसे क्या बोलेंगे हां बैठो सुन लो समझ नहीं आके लोगा क्या हमारी बात को आप लोग सुन रहे हो ध्यान से सुन सकते हो ध्यान कराइए वो सुन पड़ा एक दो नहीं कहते बोल ही रहे हो क्या कह सकते हैं जिसमें जिसमें की बात कर रहे हैं अभी लिखा लास्ट जिसमे जैसे दौड़ने और चढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे दौड़ना कूदना खेलना कूदना ये तो लिख लो अब नीचे वाली लाइन से लिखिए इसके बाद दो यूनिट और बचेगा दो यूनिट के बाद आपकी मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पेपर फोर्थ पेपर में थोड़ा थोड़ा बच्चे का देख लेंगे ज़्यादा नहीं है दो तो दो तो तीन तीन क्लास में खत्म हो जाएगा नहीं तो है ना आगे लिखिए लगभग नीचे वाले लाइन से लिखना लगभग दो वर्ष की आयु में लगभग दो वर्ष की आयु में इसको एक काम करो स्टार लगा के लिख लीजिए पाँच तीन चार पॉइंट्स हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी और पॉइंट आउट करके लिखोगे तो एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा उसको भी लगेगा बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है ठीक है ना पहला पॉइंट लिखिए इसमें लगभग दो वर्ष की आयु में लिखो लिया आयु में अधिकांश बच्चे साइकिल चलाना सीख जाते हैं सही है गलत है देखना लिखने में लग रहे हैं रुक जा आप लोगों में थोड़ा सा भी केयर नहीं किया दो साल का बच्चा साइकिल चला लेगा चला देता है ठीक है लिखिए आगे अधिकांश बच्चे सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं वो जिसने ना देखिये वो देख लियो ठीक है ना एक साल में चढ़ अधिकांश बच्चों को ये कहा गया ज्यादा बच्चे चढ़ ही जाते, जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। देखिए, हमारा हमारा ये ये ये पढ़ाने का है, है, तो कोशिश कोई भी जिनको है हो गया दूसरा लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए रेखाएं खींचने के लिए पेन या पेंसिलों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं कैसे खुश हो रही है, है ना कि जैसे से इसका है कि जैसे-जैसे मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं आप समझिए ध्यान से पहले आप लोग कोई मैसेज करना हो तो क्या करते हो अभी आप लोग क्या उसे बोल के लिख ले तो दोस्तों आप लोग लास्ट में कभी कभी सोचते होंगे जब समय कम हो या कोई ऐसी बात हो अच्छा करके वैसे मुझसे बोलते हो ऐसा हो नहीं सकता मत बात समझो आगे लिखो सक्षम हो जाते हैं मतलब इस तरह से एक्टिविटी कर लेते हैं क्या हुआ अरे सीख जाना सक्षम होना बात तो एक ही है क्या नाम है तुम्हारा क्या ना नहीं पता बताओ ना आप अंकिता मैं कुछ कहना चाह रहा था पर नहीं कह रहे छोड़ो, लिखिए, तो लिखो, इस समय के दौरान आगे पॉइंट इस समय के दौरान बच्चे बच्चे बार बार ठोकर खा सकते हैं और दुर्घटना बच्चों को बड़ा केयर करने की आवश्यकता होती है नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा क्या सही है क्या गलत ठीक है ना इनको बस जो अच्छा लगा चल रही है। पर उसके बारे में सही जानकारियां नहीं हो पाती हैं पांच वर्ष की आयु तक हो गया मोटर कौशल या गामक कौशल का बेहतर नियंत्रण का बेहतर नियंत्रण बच्चों को आगे लिखे इसी में बच्चों को कपड़े पहनने और खुद उतारने और खुद उतारने ब्रैकेट में शौचालय प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता बंद हो गई उससे पहले खुद से उतारने आगे लिखिए इसमें और बंद करके आगे लिखना और कुछ पत्र लिखने की अनुमति देता है कुछ पत्र लिखने की शुरू होंगे? साल से पहले है? कौन पांच साल की उम्र से कौन पढ़ाई कर रहा पहले तो एडमिशन ऐसी होते थे ना पाँच साल जाने के बाद ही लेकिन अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि बच्चे इतना स्मार्ट हो गए बता इनका बच्चा भी एक कितने महीने आठ महीने कॉपी फाड़ रहा फिर बताओ फिर तो दो साल में उसको जाने लग जाएगा ये नहीं पता ना कि क्या सही है क्या गलत है यार कैसे हमें उसको तीखना, तीखना, उसको देखना देखना नहीं बस लेना और था था था था। <laughs> को लगता है ना हर चीज नया सा दिखता है ना मान लो अपने घर पे हैं तो अलग तरह से सोच रहे हैं और दूसरे घर पे गए हैं या नई जगह पे गए हैं तो बच्चों को हाँ उसको लगेगा ना कहीं घूमने तो नहीं जा रहे हैं कभी नए कपड़े तभी तो हम पहनते हैं ना कहीं कहीं घूमने जा जा रहे है जा कहीं, जा रहे हैं हैं या आप लोगों ने पढ़ लिया एक बार बार इसको रिवाइज रिवाइज कर कर लो लो फटाफट नहीं ये, ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हाँ। क्या रिश्तेदारी पढ़ो अभी ऐसे ऐसे बता फर्स्ट सेकंड कैसे है है थर्ड या फोर्थ नहीं एक एक का टाइम टाइम आप समझ लो सर अरे समझ सम पता क्या आने वाली है मुझे पंद्रह के बार आएगी बात अगले हफ्ते में के क्योंकि मैं तो जैसे और ये ध्यान रखना कि जो लोग ये सोच रहे हैं अरे कोई बात है दिल्टा। दिल्टा। दिल्टा। दिल्टा। दिल्टा। सब बच्चों की अब तो आप लोग और सारे बच्चों को भी करवा दो बंद कर देता हूँ क्योंकि आपस की बात में इसको अच्छा नहीं है